प्रिय दर्शकों आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइया परमपिता परमेश्वर से व भगवान विष्णु से यही प्रार्थना है कि ये रंगों का त्योहार होली आप सभी के जीवन में खुशियों की मिठास खोल दे दर्शकों जाने अनजाने में यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ ये होली का पर्व है हर एक गिले सिक्वे भुलाइएगा और माफ़ करिएगा और आप लोग भी जो है यदि किसी से कोई आप लोगों की जो है बात विवाद चला आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि इस रंगों के त्योहार में देखिए कोई बहाना होना चाहिए तो ये जो त्यौहार है इसमें आप लोग अपने गिले सिकुए दूर करिए और आपस में गले मिलिए आज थोड़ा सा लेट हो गया चूँकि होली का पर्व है और होलिका दहन का भी आयोजन हम लोगों के यहाँ हो रहा है तो इसी में थोड़ा सा लेट हो गया और आज हम दर्शकों राशिफल विशेषकर बताने नहीं आए हैं अपितु मेज से लेकर के मीन राशि तक के जो हमारे जातक रहेंगे होली के दिन कौन से ऐसे कलर का प्रयोग करें कि उनके जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो जाए तो अंत तक बने रहिएगा दर्शकों आज आप अपने लकी कलर के लिए बने रहिएगा आगे बढ़ें पंचांग बता देते हैं दर्शकों चूँकि विक्रम संबत्त दो हज़ार पचहत्तर 1940 और उत्तरायण है फाल्गुन मास है शुक्ल पक्ष है और पूर्णिमा तिथि सुबह सात तक की रहेगी उसके उपरांत प्रतिपदा तिथि लग जाए कि और नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इसके उर, इसके उपरांत हस्त नक्षत्र लगेगा योग रहेगा गंड इसके उपरांत वृद्धि योग रहेगा करण जो रहेगा ये वब रहेगा करण इसके उपरांत बालो इसके उपरांत कौलो करण रहेगा चंद्रमा आज बुध की राशि कन्या राशि में संचरण करेंगे सूर्योदय की बात करें तो छह मिनट पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त की बात करें तो छः सत्ताईस मिनट पर सूर्यास्त होगा राहु काल तो दोपहर डेढ़ बजे से तीन बजे तक की रहेगा शुभ कार्यो को करना है तो साढ़े बारह से और एक बजे के मध्य आप कर लीजिएगा देखिए दर्शकों पूर्णिमा तिथि के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि पूर्णिमा तिथि को घी का बिल्कुल भी ए, सेवन किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए और जो प्रतिपता तिथि है इसमें कुष्माण्ड खाना एवं दान करना दोनों ही मनाही होती है और आज जो है रंगों का त्योहार होली है तो आप लोग अच्छे से होली मनाइएगा और अच्छे से कहने का मतलब है कि आप लोग किसी भी प्रकार की जो है देखिए शालीन अभद्रता किसी के साथ मत करिएगा शालीनता बनाए रखिएगा और एक जो आचरण होता है आप अपना आचरण लोगों को जो है परिलक्षित करिएगा आप लोग उस परिवार से हैं तमाम हम लोग देखते हैं कि होली वाले दिन तमाम लोग ड्रिंक करके एक दूसरे को जो है छेड़ते हैं या लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं इधर उधर गिरे रहते हैं तो इस तरीके की कोई हरकत ना करें तो ठीक रहेगा दिशा शुल्क बात करते हैं तो गुरुवार दिन रहेगा भगवान विष्णु का दिन है साउथ डायरेक्शन दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो दही खा करके आप यात्रा कर सकते हैं तो दर्शकों राशिफल पर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि होली आनंद और उल्लास से सराबोर करने वाले ऐसा महापर्व है जिस दिन सभी लोग गिले सिकवे भूल करके एक दूसरे से गले मिलते हैं और तरह तरह के रंगों से एक दूसरे को रंग देते हैं आपके अंदर नकारात्मक शक्तियाँ जाती हैं सकारात्मक शक्तियाँ आती हैं तो दर्शकों देखिए कलर भी जो है तमाम जीवन में खुशियाँ ले करके आते हैं और तमाम ऐसे कलर हैं कि जिनके प्रयोग से जीवन बन जाता है और तमाम ऐसे कलर हैं जो आप लोगों को बहुत हानि पहुंचा देते हैं कभी कभी हमने कई लोगों को देखा है कि लोग कहते हैं कि हम इसी कलर की गाड़ी हमको सूट करती है दूसरे कलर की ले लेते हैं तो काफ़ी हमको दिक्कत होती है तो रंगों का हमारे जीवन में बड़ा रोल रहता है दर्शकों इस होली मेज से लेकर के मीन राशि के जातक कौन कौन से रंगों का प्रयोग करें इस पर दृष्टि डालते हैं उससे पहले कमेंट पढ़ लेते हैं जॉन कश्यप जी नमस्कार जी और पूना जी हैं अनिल प्रकाश त्रिपाठी जी हैं नमस्ते जी और एम बी जी हैं नमस्कार जी मैंक दुबे हैं बड़ोदरा से इंडियन ऑयल में है राम राम मैंक जी अनिल प्रकाश त्रिपाठी जी राम राम आपसे फ़ोन पर बात नहीं हो पा रही है ऐसा क्यों फ़ोन अभी स्विच ऑफ है अभी हम ऑन कर लेंगे दत्ता पवार जी हैं तो चलते हैं हमारी जो पहली राशि आती है मेस राशि आती है कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए रंगों का ये पर्व होली तो देखिए आज आपको करना क्या देखिए मेष राशि के जो जातक रहेंगे इनके लिए आज सबसे ज्यादा यदि कोई उपयुक्त रंग रहेगा तो गुलाबी रंग बहुत उपयुक्त रहेगा आप गुलाबी रंग का प्रयोग कर सकते हैं अबीर में या रंग में और मेष राशि के व्यक्तित्व के जीवन में जो ये होली है इस होली में क्या होगा आप लोगों के लिए खास क्या रहेगा तो गुलाबी रंग से आपके जीवन में खुशियां आएंगी आपके जीवन में नौ ऊर्जा का संचार होगा आपकी राशि के लिए मेष राशि वालों गुलाबी रंग सबसे उपयुक्त है तो आप लोग गुलाबी कलर का प्रयोग करिए और इस होली में आप लोग खूब रंग खेलिए खूब पानी वगैरह जो है तमाम जो है बुद्धिजीवी लोग प्रबुद्ध लोग जो है होली को कहते हैं कि पानी बचाना चाहिए तो हम ये सब बिल्कुल भी नहीं मानते आप लोग जो है जितना छक के खेल सकते हैं रंग उतना खेलिए एक फोन कॉल लेते हैं हेलो राम राम राम जी राम राम डेट ऑफ बर्थ बताइए थर्टीन थ्री जीरो तीस नवंबर नाइनटीन नाइन्टी फाइव जी तो थ्री जी जन्म स्थान कहाँ का है तो है, है जी ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं क्या भी भी आ, अभी का हो गया। जी। जी। के लिए फाइल रखना है। जी। तो आप, बारे में करना था। सर, ये आप इनके फादर बोल रहे हैं तो मैं फादर बोल रहा आप कोई रियल एस्टेट से जुड़ा काम करते हैं ठीक है, है। बताइए क्या आपकी हेल्प करे कोई एक क्वेश्चन आप पूछ लीजिए तो, तो, अभी के तेरे तो तो तेरे के अंदर उनको कनाडा लिए भेजना है। सर अभी तो इधर हमको नहीं दिख रहा है फिलहाल इस ईयर तो नहीं दिख रहा है, है। तमाम बाधाएं आएंगी फिर भी इस बालक के हाथ से बुधवार वाले दिन जो अपंग व्यक्ति होते हैं उनको कुछ मीठा खिलाना स्टार्ट कर दीजिए ठीक हाँ है जी ये करिए आप प्रयोग बुधवार वाले दिन जो ंग लोग हैं हैं अप, अपंग लोग है, उनको मीठा खिलाइए। तो बुधवार। जी जी। आप पुनः प्रोग्राम ताँगा? सुन सकते हैं मैं ये मैंने भी भी आपसे बात की कि वो था था है है। मेरा जी जी। जी और का भी आपने जो सब्र कर, कर काफी अच्छा है। बहुत अच्छा रहेगा देखिए हम आ, हम जो प्रयोग बताते हैं सर इसमें कोई ये नहीं रहता कि आप ये कर लोगे तो आपका भाग्य बदल जाएगा भाग्य बदलना किसी ज्योतिषी के हाथ में नहीं है पूरे वर्ल्ड में आप नंबर एक के ज्योतिषी कोई नंबर एक का तो नहीं होता है लेकिन आप चाहे अब ये है कि हमारी फीस कम है अगर आप एक लाख वाले के पास भी जाएंगे वो भी आपका भाग्य नहीं बदल पाएगा बस ये होगा कि हाँ पंडित जी की फीस बहुत प्रोफेशनल है इतनी महंगी है देखिए सर आपके कर्मों से ही आपके भाग्य बदले जाते हैं तो जैसे आप बोले ना फुल मून का व्रत जो है अच्छा लग रहा है करते हैं कुछ जो है थोड़ा बहुत जो लाभ है तो सर ये आपके कर्मों पर है काफी फर्क पड़ जाए जी जी सर धन्यवाद आपका आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और बालक सर जाएंगे लेकिन इस साल कोई योग दिख ही नहीं रहा है यदि ये विकलांगों की सेवा करेंगे विकलांगों का आशीर्वाद इनको मिलेगा तभी कुछ हो सकता है सर उससे पहले कोई कुछ नहीं कर पाएगा चौकस में वो करवा बुधवार बिल्कुल सर करवाइए हर बुधवार कराइए और कोशिश कीजिएगा कोशिश कीजिएगा कि की, सर देखिए अपंग क्यों लिखा गया है शास्त्रों में पंगु मतलब होता है पैर और आ मतलब होता है नहीं तो जिसके पैर ना हो उसको अपंग बोलते हैं तो कोशिश कीजिएगा हाँ। कि जिनके पैर ना हो उनकी खूब सेवा करिए इस बच्चे के हाथ से इक्कीस इक्यावन सौ रुपए हाँ जी ठीक सर के लिए अच्छा हाँ सर बाकी देखिए सब ठीक है कोई काल सब दोस्त वगैरह मत मानिएगा तमाम लोग कहेंगे तमाम लोग पूजा पाठ को बोलेंगे कुछ अभी मत करिएगा ठीक सर होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आए ठीक सर राधे राधे राधे राधे तो देखिए दर्शकों ये होता है विश्वास और हे परमपिता परमेश्वर इसी तरीके से जिनसे हम बात करते हैं इनकी मनोकामना पूर्ण करते रहना और इस विश्वास को बनाए रखना वृषभ राशि की ओर चलते हैं तो वृषभ राशि के जो जातक रहेंगे इनके लिए सबसे शुभ कलर क्या रहेगा तो सबसे शुभ कलर आपके लिए रहेगा आज का क्रीम कलर हल्के येलो कलर का भी आज आप प्रयोग कर सकते हैं इस होली वृषभ राशि के लोग पीले और क्रीम कलर के रंग से होली खेलें इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और पूरे साल एक नया उमंग रहेगा एक नया उत्साह रहेगा और आपकी राशि के लिए ये जो क्रीम कलर रहेगा बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा इस वर्ष कुछ नया आप करेंगे और हो हो भी चुका होगा कि आपने कोई नई कार वगैरह परचेज की हो बढ़ते हैं अपनी अगली राशि मिथुन राशि की ओर कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए यह होली और कौन सा रंग मिथुन जेमिनी के लिए शुभ रहेगा तो आपके लिए इस होली पर हरे रंग से आप लोगों को होली खेलनी रहेगी और लाइट येलो कलर बिल्कुल डार्क येलो नहीं कल भी हमने मना किया था लाइट येलो कलर से आप लोग प्रयोग करिए आपके जीवन में पीला रंग जहाँ शुभ कार्यो का प्रतीक होता है वहीं हरा रंग हरियाली का या शीतलता का इसका प्रतीक होता है। आ इन रंगों से आपके आसपास जो भी समस्याएं हैं उसको आप आसानी से हल करते हुए नजर आएंगे आपकी राशि के लिए ग्रीन कलर सबसे उपयुक्त तो कलर रहेगा इन कलर के आप परिधान पहन सकते हैं इन कलर का आप रंग लेकर के लगा सकते हैं अबीर गुलाल इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं कैंसर की ओर बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं कैसा रहेगा ये होली आप लोगों के लिए तो कर्क राशि के जातकों आज रेड कलर का और सिल्वर कलर का आप लोग प्रयोग करिए लाल रंग आपके अंदर ऊर्जा भर देगा और जो सिल्वर कलर रहेगा आपके जीवन में मधुरता रहेगा इस होली लाल रंग खुद और दूसरों को जमकर लगाइए और आपके अंदर एक नवीन उत्साह का जो है ऊर्जा का संचार होगा आपकी राशि के लिए रेड कलर और सिल्वर कलर सबसे उपयुक्त रहेगा वही सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं तो सिंह राशि के जातको आज के दिन केसरिया रंग से इस बार आप होली मनाइए भगवा कलर से आप होली खेलिए आपके घर में सुख शांति आएगी आसपास अगर कोई बीमारी आपके अंदर है भटक वो बीमारी खत्म होती हुई नजर आएगी आपकी राशि के लिए सबसे उपयुक्त कलर रहेगा केसरिया और भगवा कलर हमारी अगली राशि की ओर बढ़े उससे पहले देखिए फोन कॉल ले लेते हैं हेलो नमस्ते थोड़ा लाउड बोलिए बोलिए थोड़ा सा हाँ जी बोलिए हाँ बताना हाँ। पड़ेगा बताइए नीचे टाइम भी होगा न कोई दस बिर टाइम क्या है समय जीवार पंद्रह अक्टूबर तिरानवे शुक्रवार दिन था हाँ। जी। विवाह हाँ। में आपके देरी आ रही है या दो हजार उन्नीस के अंत में या दो हजार बीस के शुरुआत फरवरी तक आपका विवाह हो जाएगा जहां सोती हैं। तकिए के नीचे हल्दी की गाठ आप लोग रखिए आप रखिए और सोमवार वाले दिन सात सोमवार एक सूखा नारियल भगवान भोलेनाथ पर आप लोग चढ़ाइए सात सोमवार बताए तो सात जी कन्या राशि के जातकों तो कन्या राशि के जातकों के लिए कौन सा कलर रहेगा शुभ तो आप लोगों के लिए आज नीला रंग और हरा रंग आप लोग इस होली में प्रयोग करें इन रंगों से के प्रयोग से आज आपका त्योहार तो शानदार ही होगा आने वाले दिनों में आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी हरे रंग जो बुद्ध का रंग है बुद्ध देव का रंग है किस्मत आपकी चमकेगी दूसरा नीला रंग जो रहेगा आपके जीवन में धन लेकर के आएगा अनुकूलता लेकर के आएगा सामंजस्य से लेकर आएगा आपकी राशि के लिए दोनों रंग बहुत ही ज्यादा उपयुक्त रहेंगे बढ़ते हैं लिब्रा की और दर्शकों फटा फटा आप होली स्पेशल राशि के दर्शकों के लिए बनाया है आप लोग प्लीज लाइक जो है लाइक करिए इस वीडियो को जमकर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को तुला राशि वाले जात तो आज आप अपने जीवन में पिंक कलर अर्थात गुलाबी रंग का प्रयोग करें और गुलाबी रंग जो रहेगा आपके जीवन में प्रेम लाएगा तो इस होली गुलाबी रंगों के इस्तेमाल से आज आपके दुश्मन भी दोस्त हो जाएंगे जो भी नाराजगी उनके मन में है वो दूर होती हुई नजर आएगी आपकी राशि के लिए सबसे उपयुक्त जो कलर रहेगा ये पिंक कलर रहेगा इन रंगों के परिधानों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और इनका प्रयोग आप कर सकते हैं होली खेलने में वृश्चिक राशि की ओर पढ़ते हैं कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए होली और कौन से रंगों का करें प्रयोग तो वृश्चिक राशि के जातको होली के दिन आप लोग रेड कलर का प्रयोग करिए और केसरिया कलर का प्रयोग कर सकते हैं लाल रंग आपके अंदर ऊर्जा भरेगा तो केसरिया रंग शुभ और आपके भाग्य का प्रतीक है और कोशिश कीजिएगा ड्राई होली ये होली आप लोग खेलिएगा गीली होली मत खेलिएगा सूखे रंगों का इस्तेमाल करिएगा तो आपकी किस्मत ज़्यादा चमकेगी आपकी राशि के लिए दोनों कलर बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त रहेगा बढ़ते हैं आगे हमारी अगली राशि आती धनु राशि उससे पहले एक फोन कॉल ले लेते हैं हेलो हाँ जी राम राम गुरु जी मैं सूरज कुमार शर्मा सहारनपुर से कर हाँ जी बताइए सूरज जी आ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है तीस अगस्त 1969 तीस अगस्त सर जी टाइम बताइए मैं प्रमोशन प्रमोशन पूछना चाहता हूं। मेरा हुआ है वो कब तक हो जाएगा अरे साहब टाइम भी होगा ना कि अवतार लिए थे सर टाइम होगा ना सर किस समय आपका जन्म हुआ सुबह आठ बजे सर सुबह आठ बजे कहाँ पर जन्म हुआ था नगीना जिला अच्छा शनिवार दिन था शनिवार दिन था सर प्रमोशन कब होगा मीन मीन राशि राशि है प्रमोशन होगा। है, रेवती नक्षत्र है गंडमूल नक्षत्र में आप हुए हैं के नक्षत्र में सर सर, सर। भाई साहब प्रमोशन अभी हमको एक वर्ष दिख रहा है अगले साल अप्रैल तक दिख रहा है तो मतलब ये ये ऐसा नहीं हो सकता कि अभी अगले महीने हो जाए सर कोई जोती नहीं कर पाएगा अच्छा आपके अगले साल ही होगा हो आपके किस्मत में जो लिखा है हाँ, सूर्य देव को अर्घ दीजिए बाकी ईश्वर की इच्छा उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है तो हम लोग क्या चीज है नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। जी आप सूर्य देव को अर्घ दीजिए और जब अर्घ देंगे तो सात दाने लाल मिर्च के डाल दीजिएगा बीज जो होते हैं मिर्च के बीज होते हैं वो डालिए आप जी मेरी चार सीट की वो जबरदस्ती कोई तो कुछ आपका नहीं कर पाएगा आप बाइज्जत निकलेंगे कोई चार सीट नहीं हो सब हल हो जाएगी अच्छा तो में सर हाँ जी वो तो वो हटेगा उसके बाद ही आपका प्रमोशन होगा तो वो तो होने तो तो वाला कल परसों कभी भी हो सकता है सर आप सूर्यदेव को अर्घ दीजिए बाकी देखिये सूर्यदेव जाने क्योंकि अभी कुंड, इधर आपको परेशान होना लिखा है चंद्रमा में राहु का अंतर चल रहा है और ये ये आपका रहेगा 14 मार्च 2020 हजार बीस तक इसीलिए हम बोले ना कि इधर हो सकता है कि फिर कोई लकड़ी लग जाए जी तो सावधान रहिएगा शत्रुओं से और सूर्यदेव को अर्घ दीजिए ठीक सर धनुराशि की ओर बढ़ते हैं तो कौन सा कलर धनुराशि के लिए रहेगा शुभ तो धनुराशि के जातक पीले रंग का इस्तेमाल करें और इस होली आपकी जो राशि के स्वामी हैं गुरु उनका भी देखिए जो है परिधान पीला है उनका भी कलर है पीला तो पीले रंग का प्रयोग आपके घर में सुख शांति लाएगा मंगल कार्य की शुरुआत हो सकती है आपकी राशि के लिए पीला रंग और हल्का क्रीम कलर ये दो कलर आपके लिए शुभ रहेगा इनका आप प्रयोग करिए और इनके प्रयोग से आप देखेंगे कि आपका जो भाग्य है है वो कैसे पलट रहा है। अगली राशि पर बढ़ते हैं उससे पहले कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं और जॉनी कश्यप जी फोन वालों ने दिमाग खराब कर दिया मेरा तो क्या करें जॉनी साहब सबको देखनी रहती है और शुभम भीलवार जी हैप्पी होली जी इंदौर से है हमारे और गेस्टेड अफसर हैं इनका इंटरव्यू इसी कुर्सी पे बैठ के लेंगे और बंदेश जैन जी हैं सुशील शुक्ला जी हैं गुरु जी फ़ोन काट दे जॉनी जी देखिए क्या कर रहे हैं एक मतलब परिवार है तो सबको लेकर के चलना रहता ये आपका भी परिवार है आप हमारी सीट पर बैठ के देखिए आप नहीं काट पाएंगे फोन भाई जब अगले को कमिटमेंट किए हैं कि आप लोग फोन करिए रात में तो लोग फ़ोन करते हैं क्यों फ़ोन काटे भाई चलिए मकर राशि की ओर बढ़ते हैं तो मकर राशि के जातकों के लिए कैप्रिकॉन के लिए सबसे शुभ कलर क्या रहेगा आप लोगों को तो पता ही है कोरल ब्लू कलर से आप लोग जो है परिधान का प्रयोग कर सकते हैं रंग ले खेल सकते हैं नीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं नीला रंग मकर राशि के जातकों के अंदर शीतलता भरेगा आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं उनको तो हरेगा ही हरेगा और जो भी नकारात्मक ऊर्जा आसपास है वो दूर होगी आपकी राशि के लिए जो नीला रंग रहेगा ये सबसे अच्छा रहेगा दूसरे नंबर पर ग्रीन कलर हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं हमारी अगली राशि आती है एक्वायस कुंभ राशि कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए ये होली कौन सा रंग रहेगा शुभ तो हरा रंग आपके लिए सबसे शुभ रहेगा और इसके साथ साथ आप ब्लैक कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं इस बार आप पीला रंग भी देखिए इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी राशि के लिए तीनों कलर सबसे शुभ रहेंगे और इस बार बीमारियां तो दूर होंगे ही होंगी और साथ में धन की भी प्राप्ति होगी अर्थ की भी प्राप्ति होगी हमारी जो अंतिम राशि आती है आती है मीन राशि पाइसेस तो राशि चक्र की चूंकि आखिरी राशि है उससे पहले बताना चाहेंगे कि जो भी दर्शक इंदौर में मिलना चाहते हैं 20 और 21 तारीख को स्वागत है 20 और 21 अप्रैल आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए और तमाम दर्शक हैं हमारे कोई कोई पांच कुंडली के लिए बुक करवा लिए हैं कोई कोई जो है तीन कुंडली के लिए करवाए हैं कोई दो कुंडली के लिए करवाए हैं तो ऐसे ऐसे तो समय बहुत लिमिटेड रहेगा दो दिन का चूंकि समय रहेगा तो आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए मीन राशि की ओर चलते हैं तो मीन राशि के जात जाद्व… को आपके लिए जो रहेगा पिंक कलर सबसे शुभ रहेगा और येलो कलर आपके लिए शुभ रहेगा हल्का लाइट स्काई ब्लू भी कलर आपके लिए शुभ रहेगा आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर के लोगों को गुलाल से होली खेलनी चाहिए रंगों के प्रयोग से आज के दिन बचना है अन्यथा स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आज आती हुई दिख रही है तो इन सब रंगों का प्रयोग करिए और होली को आप लोग बनाइए शुभ दर्शकों हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए और हाँ दर्शकों पुनः एक बार आप सभी लोगों को चूँकि रंगों का ये त्यौहार होली है हार्दिक शुभकामनाएँ और जिस प्रकार से जो है देखिए भगवान जो है विष्णु ने प्रहलाद भक्त प्रहलाद को बचाया था उसी प्रकार से आप लोग भी कामना करिए कि आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं इनको आप लोग जो है भगवान विष्णु के माध्यम से नरसिंह भगवान के माध्यम से चूंकि नरसिंह स्त्रोत का पाठ भी किया जाता है भगवान विष्णु हर लें हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए होली से जुड़ी हुई तमाम और प्रयोग बताए गए हैं उनको भी आप लोग कर लीजिए आपने हमारे प्रोग्राम देखा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए इजाजत और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को शुभ होली और एक बार प्लीज आप सभी लोग हम तो इस बार खैर होली नहीं मनाएंगे चूंकि जो पुलवामा में अटैक हुआ था तो उनका भी किसी का परिवार होगा कई परिवार इस बार होली नहीं मनाएगा तो हम भी होली नहीं मनाएंगे इसीलिए आज जो हम बैठे हुए हैं किसी भी प्रकार का पिछली बार जो हमने जो है वीडियो डाला था उसमें देखे होंगे आप लोग कलर लेके बैठे थे लेकिन इस बार बिल्कुल जो है होली नहीं मनाने का हमने संकल्प लिया है और कोशिश कीजिएगा कि कुछ आप लोग दान जरूर कर दीजिएगा उन शहीदों के लिए उन परिवारों के लिए सोचिए अगर आपके घर में ये आप होती तो आपको कैसा लगता भगवान ना करें कि किसी के ऊपर ये आप बीती आए लेकिन यदि आती है तो प्लीज़ आप लोग भी जो है कोशिश करिए कि अगले को इस भवर से बाहर निकालिए अगर आप उनके घर के आसपास पास है तो आप लोग जो है जाइए और अपने तरफ से कुछ मिठाई वगैरह गिफ्ट वगैरह का आप लोग खरीद के दे सकते हैं या आप लोग भारत सरकार के वेबसाइट पर अथेंटिक वेबसाइट पर जा करके कुछ डोनेशन उनको जरूर करिए एक शुभ कार्य करिए आज के दिन दिल आपका बड़ा सुकून भरा रहेगा और हल्का रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने हमको इतने ध्यान से सुना मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में